हेलो एवरीबडी कैसे हैं आप सब आई हो पच्छे ही होंगे मैं केपी पी आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आया हुआ हूँ इंडिया गेट पर जो कि मोदी जी ने बहुत बेहतरीन यहाँ का माहौल चेंज कर दिया है जो कि पहले हुआ करता था पहले राजपथ नाम था अब इसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है जहाँ पर ये एक अंग्रेज़ की प्रतिमा लगी हुई थी वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का मूर्ति को लगाया गया है दोस्तों तो दिखाते हैं आपको और आप लोग इन्जॉय करो और फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और देखो मेरे पीछे दोनों चीज़ें दिखा देता हूं आपको देखो किस तरीके से इन्होंने बनाया देखो, है देखो यह है सुभाष चंद्र बोध की मूर्ति और इधर है इंडिया गेट ये देखो ये है इंडिया गेट और आपको दिखाते हैं हम बैक कैमरे थे और बैक कैमरे से आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है तो मैं ये है रात का सीन तो अभी यहां पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो चलेगा तीन दिन तक यानी कि शुक्रवार शनिवार और इतवार तो लास्ट इसका इतवार है तो यहां पर ख़त्म हो जाएगा बाकी ये शुक्रवार को ही हम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था और यहाँ पर मोदी जी आए थे उन्होंने फूल भरसा की थी तो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से यह है प्रभाष चंद्र बोध की प्रतिमा कुछ इस तरीके तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भीड़ भाड़ कितनी है ये देखो और यहाँ पर ये प्रभाष चंद्र बोध की प्रतिमा है और ये अब कर्तव्यपथ कर दिया गया है यहाँ पर देखो जिधर आप नज़र उठा देखोगे आपको पब्लिक ही पब्लिक नज़र उठा दे दोस्तों आपको बता दूं देखो ये है इंडिया गेट पूरा दोस्तों देखो कुछ इस तरीके से ये झरने बनाए गए हैं ये देखो ये सारे में पूरे तक पानी पानी आपको दिखाई देगा देखो ये सारा पूरा दे रखा है दोस्तों कुछ चमकरा है। देखो। ऐसा चमक रहा है ऐसा चमक रहा कुछ इंडिया गेट और यहाँ देखो पब्लिक ही पब्लिक नज़र आएगी आपको देखो पता नहीं कहाँ कहाँ था आई है पब्लिक सबसे ज़्यादा तो इंडिया गेट थे दिल्ली की पब्लिक आई है ये।, ये देखो सबसे ज़्यादा पब्लिक इंडिया गेट पे है अठारह सौ संतानवे प्राधीन भारत की इस धरती पर बल्तानी हुतो राष्ट्रीय स्थापना के स्वर्ण ट्रंटी मना रही थी उसी साल तेईस जनवरी को उसके विरुद्ध संपर्क करने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाल प्रोविंस के तटक में हो गया शिक्षा और जीवन पथ पर अग्र हम स्वामी विवेकान हर विदा चंदा की बातें करने रेड़ियों में बकड़ी भारत माता की मुक्ति का सपना है। हाथों में जाना लेकिन लिए आगे की के इंग्लैंड दे की पास का सपना उधर उधर यार, दिखाई दे ना। अपने आइए जिस पानी के जहाज जाएंगे और स्वतंत्रता संग्राम कलकत्ता ने आकलन का घर कर विरोध हो रहा के लोग पर छवि एक मजबूत नेता के रूप में परमी सॉरी उन्हें वाणिज्य सचिव का दर्द दीजिए वे भारत केuniaचार्य के नेतृत्व में आज भी प्रगति के मार्ग पर बेजान चाहते हैं उनके पद का सम्मान वह व्यक्ति और सभी जो सहयोग करते हैं जबकि युवा और उनकी परताली उनका रोल एक होता है सरकार को वोट देने या अपने अंदर रखना को <laughs> इंडिया <laughs> तो के नीचे ये सारे ड्रोन ही ड्रोन हैं ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप की लाइटर लगी हुई हैं देख सकते हैं ये तस्वीरें है। और ये ब्रिज टाइप के बनाए गए हैं और ये आखिर वहाँ तक नदी है ये ये टाइप का देखो इधर से काफ़ी लंबी चौड़ी है ये दोनों साइड में और ये फप्बारे लगाए गए हैं उधर इंडिया गेट है तो ये है पब्लिक देख गया। ये देखते हैं अंडर पास तो रोड की वजह से ये अंडरपास बनाया गया है उधर पार पार जाने के लिए देखो ऊपर वाहन चल रहे हैं और नीचे से ये अंडरपास बनाया है कुछ इस का नज़ारा है यहाँ पर इंडिया गेट पर गाय और ये चला जाता है कर्तब्य पथ जो कि आगे यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए आगे आगे पड़ेगा राष्ट्रपति भवन और मेरे पीछे है इंडिया गेट। तो ये गेटी बनाई है ये लगी हुई है तस्वीरें और चलते हैं आगे नीचे है जाने के लिए तो यही है इंडिया गेट का नज़ारा तो हम अभी घूम रहे हैं लॉन में ये देखो आज से आपको दिखाएंगे इंडिया गेट कैसा तो चमक रहा है इंडिया गेट यहाँ पर भी लाइट है नई लगाई गई हैं और ये अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ मोदी सरकार के राज्य में गई ये देखो कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं यहाँ है। अब देखो आप लोग कुछ ये थीन है यहाँ का पब्लिक आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी और आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा देखो पुलिस और पब्लिक तो इन दोनों साइड में तो देखो नदी टाइप के बना रखे हैं वो जैसे और इधर पड़ेगा हमारा राष्ट्रपति भवन उधर राष्ट्रपति भवन है और इधर इंडिया गेट इंडिया गेट के बगल में है देखो भाई कुछ ऐसा बनाया गया है ये अंडरपास देखो क्योंकि इधर से भी पब्लिक जा सकती है ये जा रहे हैं और उधर से भी आने के लिए है अंडरपास देखो और ये निकलेंगे जाके पल्ली साइड में यानी कि आपके राष्ट्रपति भवन की तरफ ये देख सकते हैं भारत की। भी भारत के पिता की की की जय जय इसको भी देख लो नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस धनबाद नरेंद्र मोदी धन्यवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तुम हमें खून दो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी तुम दूंगा आज आजादी का सच्चा दिन है वीडियो बना लो वीडियो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बोस की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय जय जवान जय जवान जय कि हर हर